तो क्यों बोल लगेगा अकेले बना बना रहा रहा क्या? क्या और क्यों लगेगा? आज का से बोलते भैया अच्छा सेंट्रल बस स्टैंड है तो उधर जाने का फिर ट्रेन पड़ रहा है आगरा आगरा ऐसी उड़ीसा बस लंबी से पर इसमें तो मजा है अभी बना रहा हूं तो बाद में देखेंगे क्या होता है सफर में क्या क्या देखने मिलता मिल रहा है ठीक है बाय